तो so, hey, तो आज की इस वीडियो वीडियो में आप लोगों को को जो कि देखे, उसका ट्यूटोरियल बताने वाला शुरू से लेके एंड तक फुल तभी आप लोगों को ट्यूटोरियल समझ आएगा अदरवाइज आप लोगों को थोड़ा सा ही ट्यूटोरियल समझ नहीं आएगा तो गाइस आप लोगों को चाहिए अगर आप लोग का सलेट मुझसे नहीं है तो मैं टेलीग्राम चैनल पे पिन क्लिक रखा हूँ वहाँ से आप लोग डाउनलोड करना तो वैसे आप लोगों लो को फोटो फॉर्म आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल मिल जाएंगे तो वहाँ से आप लोग डाउनलोड करना तो वैसे आप लोगों को मिलेंगे बीट प्रोजेक्ट और टैक्स प्री सेट तो डिस्क्रिप्सन में दोनों हैं आप लोग दोनों को इनपुट करना आप लोग करना है जो कि सौ का बीट में बना के रखा हूँ के बाद आप लोग प्लस पे क्लिक करना है मीडिया पे जाना है यहाँ से फोटो को सिलेक्ट कर ले जिस फ़ोटो पे आप लोग स्प्रेस बनाना चाहते हैं उसके बाद फोटो पे, बाद पे क्लिक करना है यहाँ से एंड में लेके आ जा रहा है फिर से फर्स्ट बना प्लस पे क्लिक, पे क्लिक करना है मीडिया पे क्लिक करना है यहाँ से मैं वाइट शेडूल से लोग कर लेता हूँ तो आप लोग सिलेक्ट करने के बाद मूव एंड ट्रांसफे क्लिक करना है यहाँ से एडजस्ट कर लें इसको नीचे ले आना है बस एडी को क्लिक करना है यहाँ से तो इसको भी एंड पे क्लियर किया जाना है इस इसके बाद प्लस पे क्लिक करना है टेक्स्ट पर जाना है यहाँ से जिस भी सॉन्ग पे आप लोग तो स्ट्रेस बना रहे हैं उस तो सॉन्ग का जो कि लिरिक्स लिख लेना है तो सॉन्ग का जो कि लिरिक्स लिख लेता हूँ तो वह करना है आप लोगों को कट करना है नोट पैड जाना है यहाँ से जो मैं जो कि सॉन्ग का लिरिक्स रहेगा मैं टेलीग्राम चैनल पर दे दूँगा तो से आप लोग कॉपी कर लेना यहाँ से मेरे हैं फर्स्ट में यहाँ से कॉफी इसको करना है व्हाइट वाशन पहनना है यहाँ से इसको पेस्ट कर देने, है इसके बाद रोबोट यहाँ पर रोबोट रिव्यू जो बगल में दिख रहा है इसको क्लिक करना है एक बार तो बीच में आ जाएंगे इस रोबोट रिबोट क्लिक करना है यहाँ पे फोन सिलेक्ट करना है 18 पीटी है उसको चौबीस चौबीस से अट्ठाइस करना है इसी बाद कलर पर जाना है यहाँ से कलर ब्लैक सिलेक्ट करना है इसके बाद राइट पर क्लिक करना है से -बीट -बीट से मूव क्लिक करना नीचे आप लोगों को बीच पे जा जाके करूँ तो आप लोगों को वीडियो बहुत लंबा मिल जाएगा एडिटेक्ना तो है यहाँ से इसको भी कट करना है इसके बाद बैक आना है ऐसे सोम का जो कि दूसरा मेरिश से तो इसको यहां से कॉपी करना है हाइट मोशन में जाना है यहां से इसको भी पेस्ट कर देना है तो वैसे आप लोग को सभी इसी तरीके से कॉपी करना है यहां से लाइट मोशन में जाके मेरी टेक्ट जाके यहां से पेस्ट कर देना है तो इसी इसी को फॉलो पोलो करके आप लोग यहां से एंड तक कर लीजिए तो मैं सभी को कर लेता हूँ आप लोग को बैक आना है टेक्स्ट इन प्लेट पे जाना है ऐसे इमेजी वाले को इमोजी वाले क्लिक करना है यहाँ से कॉपी लियर करना है उसके बाद बैक आना है बीट पर प्रोजेक्ट पे जाना है यहाँ से फर्स्ट पे आना है यहाँ से यहाँ से कॉपी किया तो से यहाँ से पेस्ट करना है तो वैसे हमारा कुछ इस तरीके से लग रहा है देखिए आप लोग को यहाँ सेकेंड बीट पर आना है से पेस्ट करना है ज़्यादा बढ़ा रहे है तो यहाँ से घड़ी वाले ऑप्शन क्लिक करें यहाँ से कट वाले ऑप्शन क्लिक करें तो बस इमोजी को दूसरा सिलेक्ट करने के लिए यहाँ से इसको कट करना है इमोजी वाले जाना है यहाँ से दूसरा भी सिलेक्ट कर सकते हैं बस तो आप लोग इसी रूल को फॉलो करके आप लोग इधर सभी को इमोजी सिलेक्ट कर ले हैं तो मैं सभी को कर लेता हूँ तो बस यहाँ से मैं सभी जो कि इमोजी था उसको सिलेक्ट कर लिया इसके बाद आप लोगों को लोगों को लगाना चाहते हैं लोगों भी लगा सकते हैं तो मैं यहां पर ब्लैक टेबलेट लगाता हूं मीडिया पे जाना है यहाँ से फॉल पे करके गाइस यहां पे मैं ब्लैक टैपलेट को सिलेक्ट कर लिया क्लिक करना है यहाँ से ब्लैक टैपलेट आ जाएगा इसके बाद ब्लैक टैबलेट को क्लिक करना है ऊपर क्लिक करना है इसके बाद ब्लैंड क्लिक करना है लाइटिंग पे जाना है गाइस अच्छी स्क्रीन कर लेना है इसके बाद कुछ इस तरीके से लग रहा है इसके बाद हैंड पे जाना है यहाँ से बाकी का कट ब्लैक स्क्रीन तक कट कर दे रहा है तो अगर जो कि स्टेटस हमारा तैयार हो गया तो इस, इसको एक्सपर्ट करने के लिए सेटिंग के बगल वाले कन जो है तो यहाँ से वीडियो को एक्सपर्ट कर ले रहे हैं तो, तो, तो, तो अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करना चैनल पर अगर पहली बार चैनल को सब्सक्राइब करें पाने के लिए टिक किया लि